तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं हैं ये हमारा अब नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट है नेक्स है चैप्टर इसको स्पेशल सर्कुलेशंस कहते हैं या रीजनल सर्कुलेशंस भी, कहते हैं। इसको रीजनल भी कहते हैं। है? रीजनल सर्कुलेशन से मिला बड़ी इंपॉर्टेंट और मशहूर सर्कुलेशन है उनके उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी हैं और उनके अपने कुछ स्पेशल फीचर्स हैं ठीक है इसीलिए उसमें मैंने मेरी जो वीडियो है उसमें क्योंकि वो ये इंडिपेंडेंट वीडियोस होती हैं वीडियो बनाते हुए मेरे जहन में ये होता है कि एक कोई बच्चा है अगर तो आ, किसी बाहर की जगह का बच्चा है तो वो अगर सिर्फ इस वीडियो को देखेगा तो इसको लोकल ब्लड फ्लो के कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए वरना इसको रीजनल ब्लड फ्लो की समझ में नहीं आएगी तो इसीलिए ये जो लेक्चर है ये स्टार्ट होता है विद रिवीजन। तो ये आप लोगों के लिए नहीं था ठीक है अगर कर लिया तो अच्छी बात है तो ये एक पहली दो स्लाइडें जो हैं ये रिविजन थी लोकल ब्लड फ्लो का जो हमने काम किया था ठीक है असल में जो कहानी शुरू होती है हमारी आज वो कॉरनरी सर्कुलेशन से होती है ठीक है ठीक बच्चों आगे चलें ठीक है आप जानते हैं कि सर्कुलेशन आ, मेरा सबसे जरूरी जो दो सर्कुलेशन है चलो तीन कर लेते हैं वो है कॉर्नरी यानी ब्रेन की अच्छा आवाज नहीं आ रही चलो साउंड चेक करें फिर दोबारा Okay, okay, so okay. so coronary circulation obviously important ट हैल circulation भी इंपॉर्टेंट uh, है Cerebral circulation, brain circulation कहते हैं, और रीनर सर्कुलेशन किडनी की सर्कुलेशन कहते हैं वो भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हैर्कुलेशन के कुछ मामला हैं आप uh, ने आई एम श्योर वो video देख ली होगी uh, जो मैंने आपको सजेस्ट की थी और तो सब बच्चे वो देख के नहीं आए ऐसा ऐसा ही है कितने बच्चों ने वो वीडियो देख ली है पहले यहां पे आने से पहले देख लिया एनी बडी एप्स सिर्फ शहर ने देखी है अच्छा ठीक हाफ देखी है अच्छा नहीं देखी बेटे वो वीडियो को फॉरवर्ड करने का एक मकसद होता है और मुझे पता चल जाता है वो जहर है चाहूंग मैं रन कर रहा हूं मुझे पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने देखी है आपकी लास्ट की स्ट्रेंथ जो है वो जो भी है पैंसठ सत्तर के अराउंड है तो वो जो इसका काउंट आ रहा होता है जिन बच्चों ने देखी है लास्ट फोर्टी आवर्स में वो काफी कम होता है ठीक है तो ये अगर अब देखो ना मेजोरिटी बच्चे कह रहे हैं कि नहीं देखी दिस इज नॉट गुड क्योंकि ये बल जो डिस्कशन होती है इसमें बीच में कई क्वेश्चंस होते हैं ये कंप्लीट तो लेक्चर नहीं हो पाएगा इस तरह से तो वो आपकी नॉलेज में गैप रह जाएगा ठीक है तो आपसे यही मेरी ताक़द है कि आप जो मैं होमवर्क दिया करूं वो आप किया करें ठीक है आप ही की भलाई है चलें तो कॉर्नरी सर्कुलेशन का आप ज़्यादा ब्रीफ ही कर सकते हैं उसमें जो मैं जिक्र कर रहा हूँ उस वीडियो में वो ये है कि ये कॉर्डनरीज जो आर्ट्रीज हैं ये ऊपर पड़ी होती है हार्ट की और ये पिक्यूलियर बात है हार्ट की वैसे बसल्स में या वैसे टिश्यूज में आर्टरीज डीप होती है लेकिन हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं वो उसके ऊपर ही पड़ी होती हैं और ये मैंने काफी डिटेल्स में डिस्कस किया है उस वीडियो में मैं उसको रिपीट बेटे नहीं करूंगा आपने उसको देखना है और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने उस नीचे उसके कॉमेंट कर देना ठीक है क्वेश्चन मुझे वहीं कर लेना इस मुझे ये पता लग जाएगा कि आपने वीडियो देखी है या नहीं ठीक है वो सारी डिस्कशन मैं उसमें कर रहा हूँ पड़ी होती हैं और फिर मैंने इस डायग्राम को वहां पे दिखाया कि जी ये उसका डिटेल स्ट्रक्चर है कि जो ऊपर वाली जो ऊपर पड़ी होती है सरफेस पे वो फिर ब्रांचेस भेजती हैं मायोकार्डियल मसल के अंदर और पूरी वो पूरे जो उसकी जो डेप्थ है उसके अंदर से वो ट्रेवल करती हुई अंदर तक जाती है और जो सब एंडकार लेवल है बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा उस का वहां तक चली ठीक है ठीक तो है ये डिस्कस कर रहे है, बोल पड़ोके ये जो ऊपर आर्टरीज पड़ी हुई हैं, ये सुपरफिशली बड़ी हुई हैं। ये अपनी ब्रांचेस भेजती हैं अंदर डीप इनसाइड साइड मायोकार्डियल टिश्यू मसल वो काफी मोटा मसल होता। और ये जो फर्दर उसकी ठीक है, है वो भी सारी अब डिस्कशन उसमें है डिटेल देख लेना और फिर ये अंदर एक और प्लेक्स बना हुआ होता है जो कंटिन्यूस होता है बाहर वाली कॉर्नरीज के साथ करती है ब्लड अंदर आता है और वो डीप जाके ये ये ये ये सब एंडोकार्डियल में चला जाता जाता है। है, है, है, है इस इस तरह से जो जो जितनी भी थिकने जो भी थिकनेस थिकनेस जितना मोटा सारा हो ब्लड से कोई चीज जो कोई जगह रह नहीं जातीम मैंने बेटे सबसे पहले आपसे डिस्कस किया था कि किताब के मामले में ना तो वो अब आप अपने कॉलिग से डिस्कस करो उससे फिर ना मेरे इस लेक्चर का टाइम काफी फिर कम रह जाता है ये बातें बार बार रिपीट होती हैं तो उस करो फायदा नहीं डिस्कस कर रहे ना फिर भी ना समझ में आया तो मुझसे बाद में पूछ लेना ठीक है अब जो करने वाली बात है वो ये है वो ट्वेंटी फाइव एम एल पर मिनट है ठीक है ऑक्सीजन यूजेज जो है वो सेवन है, है जो बॉडी पूरी यूज करती है तो आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ हार्ट जो है वो बॉडी का टोटल ऑक्सीजन कंज़म्पशन का सात फीसद कंज्यूम करता है ठीक है इससे आपको पता लगता है कि हार्ट लगातार उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है और वो काफी क्रूशल हो जाता है ऑक्सीजन कंजन ऑफ व्यू से और अब आप ये भी अंदाजा कर सकते हो कि अगर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसमें जरा सा भी मसला हो जाए कोई अः हो जाए ब्लड फ्लो कम हो जाए तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हार्ट को बिकॉज उसकी कंजम्पन ठीक ठाक है ठीक है और एंड में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बहुत क्रूशल बात है वो ये है कि कॉर्नरीज में जो ब्लड फ्लो होता है कॉर्नरीज में कॉर्नरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो डायस्टी के दौरान सबसे ज्यादा होता है ये बात मैंने अगेन उस वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस की है मैं हैरान हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी और वो मैं डिपेंड कर रहा होता हूँ उस वीडियो के देखने पर बिकॉज उसके बाद हम जरा फाइन और एडवांस बातें कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं ठीक है अब अगर ये बात जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है उनको तो पता है कि ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है ठीक है उनमें से जिन बच्चों ने ये, ये देखी है वीडियो मैं अब उनसे मुखातिब हूं कि आपको ये ग्राफ समझ में आता है ये वाला जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है ये वाला कुछ तो बोलो। अच्छा, और बेटे वीडियो देखी थी आपने ओके okay. लेकिन आपने वीडियो देखी थी और आपको समझ में नहीं आया मैं सिर्फ इसलिए फिर एक्सप्लेन कर देता सो करो ज्यादा फ्लो करता है डायस्टली के दौरान कार्डिकार्ट रेस्ट कर रहा होता है तब इन शरियानों में ब्लड फ्लो की तरसील ज़्यादा होती है ठीक है? ये मैंने तीन तर, तरीके से कह दिया ये बात समझ में आई है ग्राफ से पहले ये बात समझना जरूरी है जो मैं अभी कह रहा हूं ये बात किसी को समझ में नहीं आई तो मुझे बताए और, और बाकी रीच को आगे आगे अलीशा आपने बेटे क्योंकि वीडियो नहीं ना देखी बिल्कुल आपको इसलिए आप बिल्कुल अगर रहे हो क्या, फिर नहीं समझ में बात बात भी नहीं हो रही बात हो रही रही बेटे है डायस्टली के दौरान ब्लड फ्लो ज्यादा होता है सिस्टली के दौरान कम हो जाता है ठीक है आज लगता है क्लास का पढ़ने का मूड बिल्कुल नहीं है वो फील नहीं आ रही मुझे खेरियत है आज खेरियत है मूड लगता है नहीं है पढ़ाई का मूड नहीं है आज जी बेटे बिल्कुल होंगी क्लासेस और एनर्जी लेवल आपने अप रखना है, है।, है लग लगा हूँ इसको किसी बच्चे ने पूछ ही लिया है तो फिर मुझे होता है कि कुछ रहना जाए अब देखो पूरे अब यहां आप समझो इस वाले मसल किसी भी मसल के हिस्से को ना उसने एक्सपैंड करके यहाँ दिखाया हो ठीक है ताकि आपको कॉर्नरीज का जो कॉर्नरिज uh, का जो वो है आर्किटेक्चर ठीक है वो पता लगे तो इस ये तो सिर्फ फ्रंट से हार्ट को दिखाया हुआ ना इस जगह पे इस जगह पे हार्ट को सिर्फ फ्रंट से दिखाया हुआ ठीक है इसमें आपको सिर्फ ये दिखाया हुआ है कि भाई सर्फिस पे आर्टरीज पड़ी हुई हैं और रूट की ब्रांचेज अंदर जा रही हैं कुछ लाइट पिंक है कुछ डार्क पिंक है डार्क जो रेड है वो ऊपर ही पड़ी हुई है लाइट पिंक उसने दिखाने की कोशिश की है थ्री में कि यह अंदर पे हो गई ठीक है थीके? अब यहां पर इस डायग्राम में उसने डिटेल बताई इस है, है? मायोकार्डियम का मसल बहु थिक होता है तो वो जो ऊपर पड़ी हुई होती है वो फिर ब्रांचेस भेजती है अंदर की तरफ उस मसल की थिकनेस के थ्रू सिर्फ एपिकार्डियल एपी आर्टरीज इनफ नहीं होती को करने के लिए। अगर सिर्फ ये ऊपर वाली आर्टरीज हम गिन लें और अगर सिर्फ ये होती, तो इनसे मसला हल नहीं होना था ठीक है? क्योंकि मसल बहुत मोटा है वो अंदर तक उसकी तराई नहीं होनी थी आप समझ में आ गई होगी बात प्रॉपरली उसके हर जगह को सप्लाई करना अशद जरूरी है और मसल है बहुत मोटा और मोटा होना उसको जरूरी है क्योंकि उसने कॉन्ट्रेक्ट करके पूरे ब्लड में ब्लड फेंकना है और पूरी बॉडी में ब्लड फेंकना है अब आई बात समझ में उसके लिए है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कलर जरा डिफरेंट करता हूं कलर मैं ब्लू कर देता उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप जरा इधर गौर करें ए, ये ये क्या हो रहा है कार्डिक मसल की थिकनेस चेक करें और फिर यह देखें यह क्या हो रहा है ये, ये हो रहा है कि ये जो एपिकार्डियल ऊपर आर्ट्रीज है ये अपनी ब्रांचेस भेजती हैं डीप इनसाइड साइड द मायोकार्डियो डीप इनसाइड साइड द मायोकार्डियो यस अब सच से बोलते रहो ताकि मुझे पता लगे तुमको समझ में आ रहा है तुम लोगों को समझ में आ रहा है अब ये जो अंदर आर्टरीज फेंक रहे हैं ये परफुरटर्स कहलाते हैं और ये साइड पे अपनी ब्रांचेस और भी भेजते हैं साइड हॉरिजॉन्टली ये ग्रीन में बना रहा हूं नजर आ रहा है ग्रीन ग्रीन एरोस। चलो अब ब्लू एरोस वो हैं हैं जो डीप डाइव करती हैं अंदर मायोकार्डियम के और फिर ग्रीन वाली वो हैं जो इसके अंदर लैटरली ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इन्हें परफोरेटर कहते हैं परफ्यटर से मुराद ये परफ्यट करना किसी जगह सुराख करके पहुंच जाना तो मायोकार्डियम अगर पूरा एक मोटा सा मसल है तो ये आर्टरीज उसको बकायदा उसको परफ्रेट करती हैं उसके अंदर सुराख करके अंदर पहुंचती हैं डीप इनसाइड। है शुक्र गुड बस ये हो गई बात तो उसको टोटल को शराब करना जरूरी है अब आप इस, इस ग्राफ पे आ जाते हैं जो मेरा इंटरेस्ट है जिसको समझाना जरूरी है अब इस ग्राफ में आपको दो चीजें दिखाई गई हैं एक आपको सिस्टरी दिखाई गई है एक आपको डायस्टरी दिखाई गई है यहां तक ठीक है यहां तक ठीक फिर ही साथ आप ये तो हो गया बेटे ये क्या हो गया ये एक्स एक्सेस हो गया वाई एक्सेस पे आपको क्या दिखाया गया कोरोनरी ब्लड फ्लो ठीक अब आप देख रहे हैं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है कि जब डायस्टली जब सिस्टली शुरू होती है तो ब्लड फ्लो फौरन नीचे जाता है और वो बस नीचे ही रहता है ड्यूरिंग सिस्टली क्यों जी ये बात क्लियर हुई है मतलब तो नजर आई है ये अभी तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ तो समझा नहीं रहा अभी मैं ग्रा, ग्राफ का शेप पढ़ा रहा हूँ गंदे बच्चे पढ़ के नहीं ना इसलिए चलो शुक्र फिर अब एक और चीज देखते हैं वो भी बड़ी मजे की चीज है वो ये चीज है कि जैसी डायस्टी स्टार्ट होती है ये ब्लड फ्लू बढ़ जाता है ये पिंक कह नजर आया ठीक है और फिर कम कम होती है लेकिन किसी भी पॉइंट पे इस पूरे डायस्टली में इस पूरी डायस्टली में किसी भी पॉइंट पे या हर पॉइंट पे वो सिस्टली के ब्लड फ्लो से ऊपर ही होती है कॉर्नरी ब्लड फ्लो डायस्टली के दौरान हर पॉइंट पे इस ग्राफ के हर पॉइंट पे सिस्टली के जो कॉर्नरी ब्लड फ्लो है उससे ऊपर ही होता है ऐसा है नजर आ रहा है या नहीं और भी बोले ना और दो तीन बच्चे मुझे लगता है क्लास ले रहे होते हैं बाकी सारे सो रहे होते हैं सात लोग, लोग हैं आठ लोग हैं चलो मैं गिनूंगा 54 में से आठ लोग हैं जिनको समझ आई 10, 11, आगे और बाकी किधर है 12, 13, चलो ये समझ आ गई है यस अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ये होता क्यों है ये आपको अब आप समझा दिया कि ये क्या हो रहा है ठीक है अब मैं आपको समझाता हूं ये होता क्यों है होता बेटे इसलिए है जब हार्ट सिस्टली में जाता है अब ये ये हार ये हार्ट हार्ट समझो, सिस्टली सिस्टली में में जा रहा है, जब ये सिस्टली में जाएगा तो मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी ये मायोकार्डियम ठीक है ये स्क्वीज करेगी ना कॉन्ट्रैक्ट करेगी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये इन आर्टरीज को प्रेस कर देगी बस इतनी सी बात है समझने आई बात समझ में के दौरान आर्टरीज कंप्रेस हो जाती हैं, खास तौर तो पर क्योंकि वो तो के के मसल के अंदर हुए हैं। वो बेचारे तो बिल्कुल ही दब जाते हैं सही है अब जब वो बिल्कुल दब जाते हैं तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करें ब्लड फ्लो का तो सिस्टरी के दौरान वो जहा नीचे ही जाएगा और क्या करेगा थीग? अच्छा डायस्टली के दौरान क्या होता है के दौरान मायोकार्डियम रिलैक्स कर रही होती है रिलैक्स कर रही होती है तो ये आर्टरीज जाती हैं और ब्लड फ्लो जारी हो सारी हो सारी जाता अल्लाह अल्ला खैर ये इतनी सी बात थी। यहां तक ठीक है बाकी बाकी सर no मुस्कान को नहीं समझ आएगी मुस्कान सवाल करो स्पेसिफिक सवाल करो सारी कहानी मैं बेटे रिपीट नहीं कर सकता इस तरह तो कभी आगे लेक्चर नहीं जाएगा चलो ये लास्ट पर क्या लास्ट पर क्या बेटे i'm waiting for your question muskaan varish ask me the question last par kya mm -hmm. chalo mera pehle iska purpose iska purpose to बेटे अल्लाह जानते हैं लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता देता हूं सिस्टली के दौरान ये बात आपको अजीब लगेगी वैसे सिस्टली के दौरान जो कॉर्नरी ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है और इसका रिजल्ट ये है कि सिस्टली के दौरान जो हार्ट का मसल है मायोकार्डियम है वो थोड़ा सा खतरे में होता है इसकीमिया के तो हेल्दी हार्ट में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती अगर हार्ट में कोई ऑलरेडी कोई मसला चल रहा हो तो वो ये ज्यादा चांस है कि सिस्टली के दौरान उस वो मसला इस्कीमिया की एक शक्ल इख्तियार कर जाए क्यों क्योंकि नॉर्मली सिस्टली में ब्लड फ्लो कॉर्नरी में कम होता है बिकॉज ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द कॉर्नरीज डाइस्टली के दौरान क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास हो रहा होता है तो इसलिए डायस्टली के दौरान इवन अगर हार्ट बीमार है तब भी इसकीमिया का खतरा नहीं हो सकता बिकॉज ऑलरेडी ब्लड फ्लो ठीक ठाक जा रहा है में अलबत्ता यह खतरा मौजूद है अगर हार्ट ऑलरेडी तो। आगे, आगे काफी में। तो इसलिए मैं आपको से भी याद होना चाहिए हाँ ये एक चीज जरूर एक्स्ट्रा है कि आपको याद होगा वो एक बच्चे ने इधर मैं भी किया है कि जी वो टू थर्ड हार्ट जो है वो डायस्टली में रहता है और वन थर्डली में रहता है ठीक है तो आपको ये ये सुनके इतमान होना चाहिए कि में गोया के कम आ, ब्लड फ्लो आ रहा है कॉर्नरी में लेकिन सिस्टली ये भी तो देखें कि वो अपने ये जो इसका वो है टाइम पीरियड वो छोटा है डायस्टी का टाइम पीरियड लंबा है ठीक है तो आराम से अच्छी तरह जब बायोगार्डन को सप्लाई कर लेती है डायस्ट्री के दौरान फिर सिस्टली होती है तो सिस्टली में अगर अगर वो कम हो भी जाता है तो क्योंकि एक सिस्टली की ड्यूरेशन कम होती है तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बल्कि फर्क पड़ता ही नहीं है ड्यूरिंग अगर हार्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल समझ में आ गई। ओके नेक्स्ट अब यही है रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो है ये भी बहुत जरूरी है और बेटे ये जो है ना ये मुझे लगता है बस मैं ये एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की भी तो मैं यहाँ पर रख के फिनिश करूंगा ये काफी डिटेल्ड है और फिर नेक्स्ट कल से फिर ये है कि अच्छी तरह पढ़ लेना कल मैं ये दोनों लेक्चर यानी पूरा रीजनल जो ब्लड फ्लो है मैं सारा एक ही लेक्चर में खत्म करूँगा ठीक है तो आज का लेक्चर क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ा ज्यादा बच्चों ने तो वो मैं सिर्फ ये आखिरी स्लाइड करवा के मैं ये छोड़ रहा हूं और उसके बाद कल आप ये भी सारा पढ़ोगे और इसका जो पार्ट टू है जो मैं अभी इस लेक्चर के बाद शेयर करूँगा वो भी सारा देखोगे और कल मैं एक ही लेक्चर में सारा रीजनल ब्लड फ्लो आपको एक साथ करा दूंगा लेकिन शर्त ये है कि आपने अच्छी तरह से ये सारा मामला देखा हो ठीक है वो आपके सवालों से मुझे पता लग जाएगा कि बोंगे सवाल जब होते हैं ज्यादातर सदर बच्चों ने पढ़ा नहीं होता ठीक है अच्छा अरीज का सवाल कर रही है सर डायस्टोर में जब में जब ब्लड ब्लडरी आर्टरी में जाता है तो उसका कितने प्रेशर उसका होता है बेटा प्रेशर क्योंकि आर्टरी छोटी सी है हमें प्रेशर से इतना बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है बस नॉर्मल प्रेशर होता है हमें उसकी अमाउंट से सरोकार है कि उसका फ्लो कैसा है अच्छा है दरम्याना है या कम ठीक है अरीज अच्छा अब हम जाते हैं जो इंतहाई जरूरी काम है जिसका सवाल आपको एग्जाम में आता है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो अब रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो में ये सारा वो लेक्चर है ये सारा वो लेक्चर आएगा जो लोकल ब्लड फ्लो में हमने पढ़ लिया लोकल ब्लड फ्लो में हमने जो मैकेनिज्म्स पढ़े थे ना ठीक है वो अब इसमें आएंगे ठीक है लोकल ब्लड फ्लो में हमने क्या क्या पढ़ा था अगर आपको याद हो पता नहीं ये भी याद है या नहीं एक हमने पढ़ा था कि लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल होता है लोकल फैक्टर्स होते हैं यस? Yes, फिर हमने कहा था कि एक एक लोकल होते हैं और फिर दूसरे जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल में नर्वस भी होता है, जिसे mainly, uh, होता है और फिर हॉर्मोन्स होते हैं जो कुछ बेजो होते हैं और कुछ बेजो कंस्ट्रक्टर होते हैं ये तो होगी पुरानी कहानी ये हमने कर ली थी उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत जहन में होगा तो अब क्योंकि लोकल ब्लड फ्लो का हमने जिक्र कर चुके हैं हम कॉर्नरी सर्कुलेशन इज ए टाइप ऑफ लोकल सर्कुलेशन हम पूरी सर्कुलेशन की बात तो नहीं ना कर रहे हम सिर्फ स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि भाई हमें ये बताएं कि कॉर्नरी सर्कुलेशन में क्या होता क्या है कौन चौधरी है यहाँ का यहां कौन इस सर्कुलेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है ठीक तो उस कंट्रोल में इन्हीं में से कोई ना कोई एलिमेंट आएगा जाहिर है इन्हीं में से आएगा ना क्योंकि हमने ये ये तो सारा हमने पूरा टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ। अब में है तो इसमें हमें फटाफट हम इसको कर लेते हैं ठीक है अब मैं आपको बताने लगा हूं कि जब हम बात करते हैं कॉर्नरी ब्लड फ्लो की तो उसकी रेगुलेशन कैसे होती है तो बेटे याद रखना ये जो लिखा हुआ भी है इतना नुमाया लोकल ब्लड फ्लो लोकल मसल मेटाबॉलिजम या लोकल फ लोकल फैक्टर्स आर द प्राइमरी कंट्रोल नर्वस सिस्टम जो है वो नंबर टू पे आता यस ये नंबर टू पे है ये नंबर वन पे है लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल समझ में आई बाब अच्छा अब लोकल ब्लड फ्लो से हमारी क्या मुरादा है याद आनी चाहिए कि हमने ये जिक्र किया था कि जी ऑक्सीजन जो है वो, है वो डिमांड थ्योरी और फिर हमने जिक्र किया था एडीनोसिन पोटेशियम हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइडो डाइलेटर्स एंड लोकल वेजो यस अब हार्ट में जब बात आती है हार्ट की तो हार्ट में ऑक्सीजन इज द प्राइमरी लोकल मेजर रेगुलेटर ऑक्सीजन की कमी वो मेन चीज है जिससे कॉर्नरी ब्लड फ्लो रेगुलेट होता है अगर ब्लड uh, की कमी हो जाए अगर ब्लड की कमी हो जाए अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए यानी हाइपॉक्सिया हो जाए किसी भी वजह से तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट uh, uh, है ये ये रेगुलेशन पे कॉर्नरी की रेगुलेशन पे ठीक है उसके बाद नंबर इसके अंदर यानी लोकल के अंदर उसके बाद आ जाते हैं लोकल वेजोडाइलेटर्स इसमें एडिनोसिन है इसमें पोटासियम है इसमें हाइड्रोजन है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है ठीक है ये बात हमने कर ली आ, लोकल फैक्टर्स की और हमने हमें बार बार कह रहे हैं कि ये लोकल फैक्टर्स आधा प्राइमरी कंट्रोल ये बात याद रखने वाली ठीक हो की बात और हमने कहा कि हाँ जी नर्वस भी है।, नर्व, नर्वस, नर्वस जो है एलिमेंट वो भी है लेकिन वो इतना वो भी है मतलब वो साइड पे है सब मेन हीरो नहीं है वो याद है बात ठीक है अब आखिरी सात पांच मिनट रह गए हैं, बेटा जी ये जो है ना ये ये अब सारी कहानी इसमें है ये होता क्या ठीक है क्योंकि ये हमने ये हमने कर लिया है अब नर्वस कंट्रोल की थोड़ी सी कहानी यहाँ पे मजेदार है कैसे मजेदार ऐसे मजेदार है कि पैरासिपथेटिक का जिक्र तो आपने सुना होगा पैरासिपथेटिक का आपने सुना होगा हार्ट पे क्या असर होता ठीक है थीके? आज हम वो वाली बात करेंगे लेकिन वो हम थोड़ी देर में करेंगे थोड़ी देर में करेंगे असल हमारा मुद्दा क्या है असल हमारा मुद्दा कॉर्नरी ठीक है कॉर्नरी सर्कुलेशन तो पहले सिंपेटिक में थोड़ी देर में डिस्कर्स करता हूं पहले सिंपैथेटिक पे आ जाते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डायरेक्ट एक्शन से कॉर्नरी पे बेजो कंस्ट्रक्शन होता है मेनली तो ठीक है ये मैं स्लो समझाऊंगा तो समझ आएगा वरना नहीं आएगा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का कॉर्नरी पे कॉर्नरीज पे जो डायरेक्ट एक्शन है डायरेक्ट एक्शन वो है वेज कंस्ट्रिक्शन यस बोल रहता हूं अपनी क्लास के साथ क्लास रिस्पॉन्ड ना ना करे अगर आप लोग फिजिकली मेरे सामने हो और आप रिस्पॉन्ड ना कर रहे होते तो मैं इसी तरह से आपके पीछे पड़ता हूँ क्योंकि मैं फिर पढ़ा नहीं पाता जब तक मुझे फीडबैक ना आए ठीक है, है ना पढ़ाने का फायदा ही नहीं होता अगर क्लास को समझ ना आ रही हो तो उसका जो इजहार है वो बड़ा जरूरी है मेरे लिए ठीक है ओके okay. बस जी सर काफी है या ओके सर भी काफी है ठीक है राइट right. सो so, एक सेकंड देखो क्या है ये सॉरी ये कोई किसी ने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है ओके सॉरी नाउ सो सिंपथेटिक का जो uh, uh, है इफेक्ट वो सी कहानी थोड़ी सी, थोड़ी सी uh, वो हो जाती है uh, हो रही होती है अब ये बात और से सुने वो इसलिए कि आप लोगों ने वीडियो भी ना देखी तो उसके सारा बोझ इसमें पड़ गया कुछ दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं एक एल्फा वन होता है एक बीटा वन हार्ट में लोगों के हार्ट में अल्फा जो एल्फा वन रिसेप्टर्स होते हैं वो ह्यूमन में ज्यादातर ये ज्यादा होते हैं अल्फा वन रिसेप्टर हार्ट में बीटा वन जरा कदरे कम होते हैं ठीक है अब अब अगर एल्फ, आग, अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसमें एल्फा वन रिसेप्टर ज्यादा है तो फिर सिंपथेटिक सिस्टम जब जब एक्टिवेट होगा इस एल्फा वन के जरिए आपकी कॉर्मोनरीजो कंस्ट्रिक्ट करेंगे बात आपको समझनी और अगर आप ऐसे खुशनसीब हैं, कि आप में बीटा वन आपके हार्ट में ज्यादा है तो जब जब सिंपथेटिक सिस्टम अपना एक्टिवेट होगा तो बीटा वन पे करेगा और वेजो बेजो, डायलेशन बीटा यस? अब बताओ मुझे समझ आई नहीं है, ये, ठीक है ना आज वो क्लास मेरी है ही नहीं जो चीता किसम की क्लास है मैं बीएससी के सामने भी तारीफें करता हूँ इस क्लास की आज वो बच्चे ही नहीं है आज सारे मुझे लगता है रोजा एक दिन पहले ही रख लिया चलो मैं वो तारीफ जो मैंने बी एस सी डी की चलो आगे चलो डायरेक्ट हो गया अब जरा फटाफट इससे पहले कि ज़ूम कार्ड दे हम फटाफट इसका इनडायरेक्ट भी कर लेते हैं ये हमने बेटे कर लिए सॉरी ये वाला पार्ट हमने कर लिया है, है। ये डन अब हम आते हैं इनडायरेक्ट पे, ठीक है अब हमारा मुद्दा इनडायरेक्ट है अब आप ये सवाल कर सकते हो कि भाई बल्कि करना चाहिए था अभी तक जो बच्चे सवाल यूजली करते होते हैं कोई सवाल अभी तक है बल्कि पूछ ही रूम है शायद वो शाबी हो सवाल है कोई अलीज आपसे बेटे इस तरह के सवाल की मुझे उम्मीद नहीं थी बेटा ये कुदरती तौर पर होता है ये रिसेप्टर्स हमारे हाथ में नहीं होते पैदाशी तौर पर होते हैं ठीक है इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया सवाल ये नहीं है सवाल बहुत ही बुनियादी तर... एक और बड़ा का सवाल है है जो बनता है। लेकिन आप कर नहीं रहे सारे और उसका ताल्लुक इससे है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कर रहा है इससे ताल्लुक है सवाल का जो मैं वेट कर रहा हूँ सवाल का ये कोई मुझे अल्लाह का बंदा अल्लाह की बंदी बताएगी कि किसका क्या मतलब है हाँ जी ये भी भूल गया है? ये क्या है बेटे सारी कहानी डिस्कस कर ली है अब को मिनट के भूल जाओ वो तो पीछे डिस्कस कर लिया हाँ जी अरीबा शाबाश वेल बेरदान पहला बच्चा इसने कोई रेलिवेंट बात की है इंक्रीज हार्ट पॉजिटिव कॉन्ट्रेक्शन यस ये गुड पॉजिटिव Know, का मतलब है इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और इसका क्या मतलब है बेटे बस एक मिनट रह गया यार लेस देन एक मिनट रह गया ये भी कल पे जाएगा एनी हाउ